ओम एक विद्महे विद्मे धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् ओम गंग गणपत न महादर्शको वार के अधिपति देवता गणेश जी का ध्यान करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे आप सभी के समझ दिनांक 11 दिसंबर दिन बुधवार का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपके चंद्र राशि पर आधारित है नक्षत्रों पर आधारित है तो दर्शकों अंत तक बने रहिएगा आगे बढ़े उससे पहले हमसे एक दर्शक अभी मिलने आए थे नौ तारीख को तो स्वप्निल जी उनका नाम है आप ही लोगों के बीच के हैं उनका एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और हम ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों तक पहुँचे तो स्वप्न जी ने हमसे एक चीज़ पूछा था कि रामचरित मानस में जो है एक चौपाई आती है और इसमें जो है स्वप्न से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और उनको हमने जो है रामचरित मानस की चौपाई के अनुसार इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो स्वप्न होता है ये सच कब होता है तो देखिए स्वप्न का जो संदेश होता है आने वाले अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं होने वाली होती है तो जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सपने होते हैं यदि आपने वो देखे हुए हैं तो वो बहुत ही जल्दी सिद्ध होते हैं जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड में बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है कि त्रिजिटा नाम राक्षसी एका महाराज विभीषण के पुत्री है त्रिजिटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुन विवेका सबिनहु बोल सुना सपना सीता ही से करे सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी यह सपना मैं गय पुकारी है सत्य गय दिनचारी देखिए दर्शकों इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा ये आता है कि दिनचारी दिनचारी मतलब चार दिन नहीं हुआ गीता पर इसमें चार दिन के बारे में लिखा हुआ है जो वहां की रामायण है लेकिन ऐसा नहीं है दिनचारी का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो सूर्य नारायण दिन चारती इतनी दिन चारी मतलब जो दिन को चर ले कौन चरता है दिन को दिन को कौन खाता है सुबह हुई सुबह से धीरे धीरे दोपहर दो हुई दोपहर से शाम हुई तो ये दिन को कौन चरता है सूर्य नारायण चरते हैं इसी को दिनचारी बोलते हैं जो रात को जो है मतलब चरते हैं उनको रात्रि चारी बोलते हैं जैसे कि चंद्रमा तो दर्शकों देखिए इसमें और ये सपना में गहूं पुकारी हुई सत्य गये दिनचारी चार दिन में नहीं होगा दिन डूबगा दिन डूबेगा और दिन डूबने से पहले सपना सत्य होगा और यही हुआ हनुमान जी ने भी संकेत को समझ लिया था अब हनुमान जी को भगवान राम ने आज्ञा नहीं दिया था कि जा करके वहां तुम आग लगा करके आना या वहां पर जाकर के अशोक वाटिका उजाड़ करके आना लेकिन इनको संकेत बताना जरूरी था किसी के माध्यम से तो जब त्रिजिता ने ये कहा हनुमान जी सुन रहे थे तो हनुमान जी को प्रभु का संकेत मिल गया और उसके बाद जो हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं तो स्वप्न शास्त्र का हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व है और सब लोग जो है क्या कहते हैं सीता जी के पैर पकड़ लिए जितनी राक्षसियाँ थी वो फिर उन्होंने उनको परेशान नहीं किया तो स्वप्न शास्त्र का जो है रामचरित में भी उल्लेख मिलता है हमारे जो है क्या कहते हैं श्रीमद भागवत पुराण में भी उल्लेख मिलता है और एक चीज बता दे दर्शकों हमारे जो शास्त्र हैं हमारे जो उपनिषद हैं हमारे जो वेद हैं ये पर्याप्त हैं इनके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें आपको इसी में मिलेंगी सारे उपाय आपको इसी में मिलेंगे सुंदरकांड का यदि आप लोग नित्य पाठ करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है लगभग 11-12 सालों से हमारे घर में सुंदरकांड नित्य होता है हमारी माताजी पढ़ती हैं और 11 साल हो गए आज तक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है यदि कोई परेशानी आती भी है तो हनुमान जी महाराज उसको दूर करते हैं तो खैर दर्शकों टॉपिक बहुत बड़ा हो गया चलते हैं राशिफल की ओर लेकिन पहले पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है तिथिवार नक्षत्र योग कर और भगवान राम जी प्रतिदिन पंचांग का श्रवण करते थे तो 11 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर सख संबत उन्नीस सौ इकतालीस पर धामी नामक संवत्सर है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर अड़तालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर नौ मिनट पर दक्षिणायन चल रहा है बुधवार दिन रहेगा तिथि जो रहेगी चतुर्दशी रहेगी सुबह दस बजकर उनसठ मिनट तक की इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि लग जाएगी चतुर्दशी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि शहद का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी प्रकार के नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए मांसाहार नहीं करना चाहिए या कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार के सुबह ग्यारह बजकर उन बजकर सोलह मिनट तक का समय अशुभ काल का रहेगा इसमें आप लोगों को शुभ कार्यो को नहीं करना है यदि आपको शुभ कार्यो को करना होगा तो आज आप प्रयास ये करिएगा कि शाम को तीन बजकर बत्तीस मिनट से लेकर के चार बजकर पंद्रह मिनट के बीच आप लोग शुभ कार्यों को कर लीजिए इसमें आपके कार्य शुभ होंगे रोहड़ी नक्षत्र का चंद्रमा और उच्च का चंद्रमा मतलब चंद्रमा वृषभ राशि में आज चलायमान रहेंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे दिशा सूल की बात कर लेते हैं तो आज उत्तर दिशा की ओर दिशा सूल रहता है यात्रा करने से पहले आप लोग इलायची का सेवन करिएगा इलायची वाली चाय पी करके आप लोग निकल सकते हैं और पहले दक्षिण दिशा की ओर चार पक चलिएगा इसके बाद उत्तर दिशा की ओर आप लोगों को प्रस्थान करना मेष से लेकर के के के के के मीन राशि के जातकों के लिए आज आज सितारे क्या कहते हैं? आज के क्या कहते कहते हैं, हैं, बेस्ट उपाय इस पर चलिए एक दृष्टि डाल लेते हैं तो राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपके जो है कार्य जो रहेंगे ये बहुत त्वरित होते हुए चले जाएंगे स्वास्थ्य की ओर आज आपको ध्यान देना रहेगा रुकावटन आज आपको प्राप्त होगा शाम को कोई दुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है धन खर्च होगा व्यर्थ का आज, आज आपके लिए विरोध होगा आपके ऑफिस में और व्यर्थ की भागदौड़ भी रहेगी लाभ के अवसर आज आपके जो है शाम को टलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी से विवाद मत करिएगा अन्यथा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी घर परिवार में स्थिति ठीक रहेगी लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों से आज आपका विवाद हो सकता है उपाय क्या करना रहेगा तो सुंदर का आज आप लोग पाठ करिए भले ही बुधवार दिन है तो क्या हुआ लेकिन सुंदरकांड का पाठ करिए आपके जीवन में शांति चाहिए समृद्धि चाहिए आ, सुख चाहिए तो सुंदरकांड को बिल्कुल मत छोड़िए शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा तीन वहीं वृषभ राशि के जातकों नौकरी में आज मनचाही पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे धर्म के कार्यों में आज, आज आपको रुचि जागृत होगी आज आपका मनोबल बहुत ऊँचा रहेगा अजनबियों पर विश्वास ना करें सुख के साधन जुटेंगे आज आपके प्रयास सफल रहेंगे मान सम्मान मिलेगा व्यवसाय ठीक चलेगा आ, कुल मिलाकर के प्रसन्नता रहेगी अपने बच्चों की तरफ से आज आप लोग कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि भी पा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना है गणपति यथर्व का आप लोग पाठ करिए और शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः वहीं मिथुन राशि के जातकों आज व्यापार में नए अनुबंध होंगे आज आपके व्यय में जो है खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी व्यापार अच्छा चलेगा जीवनसाथी से कुछ मतभेद हो, हो सकता है वाद विवाद हो सकता है आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है फालतू के खर्चे आज, आज आपके बने रहेंगे आज, आज आपके घर में अतिथियों का आगमन होगा घर में शुभ समाचार प्राप्त होने से मन बड़ा प्रसन्न होगा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है उपाय क्या करना रहेगा तो आज आपको प्रयास करना रहेगा कि आज गणपति गायत्री मंत्र जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको एक पढ़िएगा शुभ कलर रहेगा आपके लिए नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा साथ महंगे भेंट व उपहार की प्राप्ति हो सकती है आनंद का संचार करेगी स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी व्यवसाय यात्राएं सफल रहेंगी आज आपके आंखों में नेत्रों में पीड़ा संभव है व्यर्थ में वाद विवाद मत करिएगा रोजगार के नए और सुलभ अवसर आज आपको प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गणेश जी को आप एक इलायची ले जा करके चढ़ा दीजिए यही आपको करना है आज ब्लैक कलर को अवॉइड करिएगा मसूर की दाल का दान धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वही सिंह राशि के जात कुसंगति से आज, आज आपको बचना है लेन दिन में सावधानी रखिएगा शारीरिक कष्ट संभव है खर्चों से आज आपके मन में तनाव रहेगा विवाद मत करिएगा सार्वजनिक कार्यों में आज आपका समय अच्छा व्यतीत होगा संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा रोजगार के क्षेत्र में सितारे ये बता रहे हैं कि उन्नति आज संभव रहेगी प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राएँ भी हो सकती हैं उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिए आज के दिन किसी सुहागिन स्त्रियों को आपको जो है क्या कहते हैं मेहंदी का दान करना रहेगा जो मेहंदी कौन वाली आती है तो किसी भी आसपास महिला को अपने घर के देखिए अब ये नहीं रास्ते में कोई महिला चल रही है आप लोग उसको दे दें तो आसपास पड़ोस की महिलाओं को आप दे सकते हैं या आपके घर में कोई मेड आती हो आप इनको दे सकते हैं शुभ इन आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कह रहा है तो उत्तम मनोबल आज आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा प्रतिष्ठित जनों से मेलजोल बढ़ेगा व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है कोई नए विवाह का रिश्ता आज आपका तय होगा बकाया यदि आपने किसी को धन दिया है तो उसकी वसूली के प्रयास आज सफल होंगे यात्राएं सफल रहेंगी कुल मिलाकर के लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा ओम गंगा गणपत नमा मंत्र का 108 बार जाप करिए और आज किसी विकलांगों को कुछ मीठा या छेना आप लोग जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तुला राशि के जातकों अपनी कीमती वस्तुओं को आज संभाल कर रखने का दिन है काम के प्रति दृढ़ता से कार्य में अनुकूल सफलता मिलेगी पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा वाड़ी पर अपने संयम रखना आवश्यक रहेगा नई योजनाएं बनेंगी कार्य का विस्तार होगा व्यवसाय ठीक चलेगा घर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोगों को गणेश चालीसा का पाठ करना रहेगा दूसरा प्रयास ये करना रहेगा कि धर्म स्थान पर आज आप लोग इलायची का दान जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात वही वृश्चिक राशि के जात को लेकिन वृश्चिक राशि पर आगे बढ़ें आप सभी लोग आज कमेंट में टाइप करिए ओम गंग गणपत नमः। कम से कम एक बार आप जब टाइप करेंगे तो मन में बोल भी लेंगे तो इसी बहाने ईश्वर का ध्यान भी हो जाएगा और भगवान गणपति की कृपा आप पर बनेंगे इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं ये जो लाइक like बटन दिया गया है इसको प्रेस करने के लिए ही दिया गया है तो वृश्चिक राशि के जात को धर्म कर्म में आज रुचि रहेगी कानूनी अर्चन आज दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है लाभ के अवसर आज आपके हाथ आएंगे घर बाहर प्रसन्नता रहेगी समाज के कामों में उत्साहपूर्वक आज आप लोग भाग लेंगे नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग हैं अनावश्यक क्रोध न करिए अन्यथा धनहानि होगी शाम तक की धन संबंधी कुछ लाभ होते हुए दिखाई पड़ रहे उपाय क्या करना रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि किन्नरों को आज आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा अगर किन्नर नहीं मिलते हैं तो गाय को खिला दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक सेजिटेरियस धनुराशि के जात को, आज कोई पुराना चोट आपका उभर सकता है चोट चोरी वह विवाद आदि से आज, आज आपको हानि संभव है आय में कमी रहेगी धैर्य रखिएगा स्वास्थ्य की समस्या हल होगी ईश्वर के प्रति आज आस्था बढ़ेगी जीवन साथी की भावनाओं को समझे आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज विष्णु सहस्त नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो कैप्रिकॉन मकर राशि परिवार की चिंता आज रहेगी जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा कानूनी अड़चन दूर होगी व्यवसाय ठीक चलेगा परोपकार करके मानसिक सुख अर्जित करेंगे व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी और कर्ज लेने से आज आपको बचना होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको देखिए प्रयास ये करना रहेगा कि धर्म स्थान पर मसूर की दाल इलायची का और पिस्ते का दान आपको करना रहेगा गणेश गायत्री मंत्र भगवान गणेश जी के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वही एक्वायर्स कुंभ राशि तो व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा पराक्रम के प्रति निष्क्रियता के कारण मन अप्रसन्न रहेगा आज आपके शत्रु परास्त होंगे भूमि व भवन की खरीद परोख आज होती हुई दिखाई पड़ रोजगार मिलेगा व्यवसाय ठीक चलेगा नवीन गतिविधियाँ आज आपके लिए लाभकारी रहेंगी यात्राओं से देखिए आज आपको लाभ मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गणपतिथ थर्म का पाठ करिए और यदि कहीं हाथी दिख जाए तो उनको कुछ ज़्यादा जरूर डाल दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों जयपुर और दिल्ली आगमन हो रहा है आप लोग भूले तो नहीं हैं आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मीन राशि के जातकों मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर कार्य करना पड़ेगा व्यापार में लाभकारी परिवर्तन होंगे आज विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा घर बाहर प्रसन्नता रहेगी रोजगार की चिंता आज कुछ आपको सता सकती है स्वास्थ्य ठीक रहेगा यात्राओं का योग है उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा ओम गंगा गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए और घर से निकलने से पहले आज आपको पिस्ता का और इलायची का सेवन करके निकलना पड़ेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पर्पल और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार